ये सोचा है कि एक रूबिक्स क्यूब कितने अलग अलग पोजीशंस में शफल या स्क्रैम्बल किया जा सकता है तो एक बार ये नंबर देखिए फोर थ्री टू फाइव टू ज़ीरो जीरो थ्री टू सेवन फोर एट फाइव सिक्स जीरो जीरो जीरो मतलब अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी थ्री क्विंटिलियन अलग अलग वेव में एक रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल किया जा सकता है और अगर हम ऐसे क्यूब्स को एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में लगाते जाए जितनी पोजीशंस में वो शफल किया जा सकता है तो वो 261 लाइट ईयर जितना लंबा होगा